साथियों नमस्कार ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी चर्चा का विषय है कि लग्न में बुद्ध का क्या प्रभाव रहेगा आपके कुंडली में यदि आपके भी जन्म पत्रिका में पहले घर में बुद्धदेव विराजमान हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती होंगी आप लोग इस पर आज एक दृष्टि डालिएगा जो चीज़ें हम बता रहे हैं क्या ये चीज़ें घटित हो रही हैं तो देखिए दर्शकों लग्नस्थ बुद्ध जातक को सुंदर तथा बुद्धिमान बनाता है बुद्ध देव कन्या राशि में 15 अंश पर उच्च के होते हैं तथा इतने ही अंश अर्थात 15 अंश में मीन राशि पर नीच के होते हैं लग्नस्थ बुद्ध जातक के स्वभाव से विनम्रता झलकाता है उनको शांत बनाता है धैर्यवान बनाता है उदार बनाता है तथा सत्य प्रेमी होते हैं लग्नस्थ बुद्ध यदि सूर्य के साथ है और जातक यदि बोलने पर आ जाए तो फिर अच्छे अच्छे जो है पीछे हो जाते हैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बना देगा लग्नस्थ बुद्ध जातक को परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने की अद्भुत क्षमता देता है परिस्थितियों का आकलन करके उचित समय पर निर्णय लेना हो तो लग्नस्थ बुद्ध के जातकों से सीखे बुद्ध जिस भी राशि में होता है वो उसका गुण आत्म साथ कर लेता है फलता ऐसे जातक बहुत ही जल्दी दूसरों से घुल जाते हैं तथा किसी भी बात को बहुत शीघ्रता से समझ लेते हैं लग्न में बैठा बुद्ध जातक को बुद्धिमान तथा जिज्ञासु बनाता है इनको खोजी प्रवृत्ति का भी बनाता है मैथमेटिक्स आप लोग जानते होंगे इकोनॉमिक्स जानते होंगे कॉमर्स जानते होंगे तो बुद्ध का प्रभाव बहुत हद तक ही रहता है और कहीं बुद्ध उच्च के हैं लग्न में कन्या राशि यदि उदित हो रही हो तो यहाँ पर भद्र महापुरुष नामक योग भी बनाएंगे पंच महापुरुषों में एक योग होता है तो इससे होगा ये कि जातक क्षेत्र में दूर दूर तक फेमस होगा जातक की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक रहेगी अपने द्वारा किए गए भुजबल से जातक अपना नेम और फेम अर्जित करता है लग्नस्थ बुद्ध का जातक आत्म केंद्रित होता है तथा तर्क संगत दृष्टिकोण रखता है आप लोग तर्क में नहीं जीत पाएंगे ऐसे लोगों से व्यवहार से हास परिहास प्रेमी तथा वार्ता में कुशल होता है लग्नस्थ बुद्ध के जो जातक होते हैं विवादों को बहुत कुशलता से सुलझा लेते हैं लग्नस्थ बुद्ध जातक को गहन अध्ययन में रुचि देता है यदि बुद्ध आपके लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में यात्राओं का विशेष महत्व तो रहेगा जीवन में अनेक बार वह यात्राएँ करता है विदेशों की भी यात्राएँ करता है मौज मस्ती के लिए भी करता है व्यापार के लिए अधिक यात्राएँ करता है यदि लग्न में बुद्ध हो तो कुंडली के अनेक दोषों का नाश हो जाता है जिनके लग्न में बुद्ध होगा ना उनकी आप अवस्था नहीं कैच कर पाएंगे अगर वो 45-50 साल के होंगे तो दिखने में राजकुमार लगेंगे आपको लगेंगे यार ये तो तेईस 24 साल के हैं हमारे अपने मामा जी की हम बात कर रहे हैं लगभग चौसठ पैंसठ साल के हो गए हैं और उनके लग्न में बुद्ध बैठा हुआ है वो भी उच्च का है और यदि उनको कभी मौका लगेगा तो आप लोगों से रूबरू करवाएंगे यदि आप उनको देख लेंगे तो बोलेंगे कि यार ये तो भी पैंतीस साल के हैं तो ये प्रभाव बुद्ध देता है लग्नस्थ बुद्ध जातक को जो है देखिए धनी भी बनाता है या भी बनाता बनाता बनाता बनाता है, बनाता है, है है प्रतिभा संपन्न तथा विद्वान शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है लग्नस्थ बुद्ध के जातक अधिकतर ललित कला प्रेमी होते हैं यदि इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या कोई युति संबंध है तो जातक के गुणों में और अधिक वृद्धि होती है देखिए दृष्टि और युति अलग है जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ बुद्ध बैठ गए हैं तो सूर्य और बुद्ध का जो ये युति संबंध रहेगा तो जान जाइए कि ज्यादा किसी प्रशासनिक सेवा में होगा तार्किक बहुत ज़्यादा होगा उसकी रीजनिंग उसकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी सूर्य प्लस बुद्ध है व्यापार कुशल तथा कर्तव्य रहेगा वहीं चंद्रमा प्लस बुद्ध यदि बैठे हुए हैं देखिए चंद्रमा बुद्ध को अपना शत्रु नहीं मानता है लेकिन बुद्ध देव चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं तो चंद्रमा और बुद्ध का देखिए कॉम्बिनेशन रहेगा तो कमीशन के कार्यों में अनाज के जो मतलब होलसेलर होते हैं जो थोक व्यापारी होते हैं इनके कार्यों से लाभ होगा मंगल और जो बुद्ध बैठे हुए हैं तो भवन निर्माता या मशीनरी कार्यों में दक्षता देता है बुद्ध और गुरु की यदि युति संबंध है तो स्वभाव में धार्मिकता और आध्यात्मिकता आती है बुद्ध और शुक्र बैठे हैं लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो धनवान होंगे तमाम मदों से उनके पास धन आएंगे ललित कलाओं में रुचि लेंगे वहीं बुद्ध और शनि यदि होते हैं तो स्टेटिकल जी हाँ आंकड़ों के विशेषज्ञ होते हैं मौसम वैज्ञानिक होते हैं और जो है क्या कहते हैं नंबरों से ये लोग खेलते हैं विषम राशि क्या होती है विषम राशि तो मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ का बुद्ध जो होता है ये शुभ माना जाता है ऐसे जातक पत्रकारिता में ये और लेखन में यदि अपना भाग्य आजमाते हैं तो बहुत ज्यादा सफलता पाते हैं वही सम राशि की यदि हम बात करें वृषभ हो गया कर्क हो गया कन्या हो गया वृश्चिक हो गया मकर हो गया और मीन हो गया इनका बुध यदि होता है तो पुत्रों का सुख एवं लाभ देता है अग्नि तत्व की राशि की यदि हम बात करें अग्नि तत्व की राशि क्या होती है तो मे सिंह धनु का जातक जो होता है बुध जिनका होता है जातक को लाभ तो देता है लेकिन ये लोग अनिति के माध्यम से पैसा कमाते हैं करप्शन के माध्यम की ओर ज्यादा जाते हैं भ्रष्टाचार के दलदल में ये लोग फंसते जाते हैं वही भूतत्व की राशि वृषभ मकर कन्या का बुद्ध जातक को अंतर्मुखी एवं एकांत प्रिय बनाता है वायु तत्व की राशि की बात करें तुला कुंभ मिथुन का बुद्ध जातक की कल्पना शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है लेखन की ओर अन्वेषण की ओर शोध कार्यों में इनको बहुत ज्यादा सफलता दिलाता है जल तत्व की यदि राशि है आपकी कर्क वृश्चिक अथवा मीन राशि है तो इसका बुद्ध जो रहेगा जातक को प्रकाशन के कार्यों में सफल बनाएगा आप बहुत बड़े राइटर होंगे या बहुत बड़े प्रकाशन में आप लोगों की जो है तूती बोलती होगी तो ये लग्नस्थ बुद्ध के दर्शकों लक्षण थे उम्मीद करते हैं हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो हमारे इस ऐतिहासिक चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए क्योंकि जो आप यहाँ पर पाएंगे वो और कहीं नहीं पाएंगे और हाँ दर्शकों यदि आप भी अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने एक नए प्रोग्राम में तब तक के लिए नमस्कार